एक पक्षी है वो बाज के कंधे तो, तो शेल्टर मांगने लगता है भागने लगता है उसके कंधे पर जाके रैवेन नाम का पक्षी बैठ जाता है तो पता है बाज क्या करता है अपनी उड़ान बढ़ाने लगता है उड़ान और जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है को भागना पड़ता है अपनी ऊंचाई बढ़ाओ इतनी बढ़ाओ कि जितने लोग तुम्हें दबाना चाहते हैं उनका दम घुटने लगे वो खुद ही भाग जाएं। अपनी सारी ताकत अपने में लगाओ और अपनी ऊंचाई को इतना बढ़ाओ इतना बढ़ाओ कि तुम्हारे जितने अगल बगल लोग भगवान के आशीर्वाद स्वरूप तुम्हारे पीछे पड़े हैं उनका दम घुटने लगे जहन